लोगों की आदत है भोगने की और हमारी आदत है करके दिखाने की अजी लोगों की आदत है भोगने की और हमारी आदत है करके दिखाने की और हम पर हंसने वाले कहां तक बच के जाएंगे अब तो हमने फ्रेंचाइजी ले लिया है लोगों को जलाने की